अभी मजा आएगा ना भिड़ो hey. आ, आ, आ। बहुते मादत शुद्ध निकल गए बे तुम तो कमाएंगे वाई शुड गर्ल्थ है फन कांजा फूक क्या बे? चुतिया गया है क्या बे? बेटा दी मेरी। तो हो ही नहीं सकता। बहुत क्या दिमाग चलता है तुम्हारा लेकिन जी लोग। अब तेरी की बाकी <चूछ। laughs>